खड़ा खड़ा खड़ा मुकेश का मुकेश। मुकेश का द्वारा तैयार किया गया जी हम पहले गुरु जी का और अच्छा पहलवान है मिनट कुश्ती का समय आठ मिनट आई जी के लिए ठीक है जी आठ मिनट बहुत बढ़िया पब्लिक परेशान हो प्लेस है नंबर वहां से आएंगे परेशान न करो ताकि आराम से ने ने दे दे दे दे दे। और हमारे बीच कुश्ती के बहुत बड़े प्रमोटर हमारे एडवोकेट साहब के